गाइज आजकल हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है पहले जहाँ पर यह सिर्फ बड़े बुजुर्गों के लिए आम बात थी लेकिन अब तो 20 से इक्कीस साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं इसीलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इसमें भी अगर आपको सीने में दर्द गर्दन में दर्द जबड़े में दर्द या ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो इसे सिर्फ नॉर्मल से सिम्टम समझ कर इग्नोर करने की गलती ना करे तुरंत डॉक्टर ऐसी सलाह ले हालाकि औरतों को चेस्ट पेन उतना नहीं होता जिससे हार्ट अटैक पता किया जा सके लेकिन उन्हें नोजिया, बैक पेन, पेन नेक पें जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। डॉक्टर्स की माने तो इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे जिसमें आपको बाहर का खाना कम करना होगा एक्सरसाइज करना होगा स्क्रीन टाइम को भी कम करना होगा ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सके